La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. Oh, what? You people. Oh, what? You people.